राइट गबे गाड़ी या टूटा गाड़ी इधर उधर होए स्पीड बता रहा हूं ना गाड़ी फटा दो कम से कम ऐना ऐना गाइस चल चल चल चल गाइस तू यार तन्न मत द तू यार तन्न द मैं यहां पे कवर दबो यहां नहीं बाइक है यहां पर वो जो वो धराय छे अपर धराय छे अरे नाना ये तो ओपन हो गया इधर न्यू गार्ड आई तो आती चली गई ऐसा भी लग रहा है आ कैसे आ कैसे चलो फाइनली हम डूबे जा रहे हैं गाड़ी ना इधर ना ना ना पबजी मर रहे हैं ऐसे नाना अब नॉक है ना नॉक हो वेट अ मिनट टेंशन देव होछ नहीं एटनॉक कर दीजिए। हमें एटनॉक करती। हाँ जी। क्यों नहाले? हमें ये पार्ट लेकर लाइन। लास्ट अच्छा उधर उनका पूल डैमेज। भी कार्य पेंशन देना। कार्य पेंशन कार्य पूल डैमेज वो लास्ट वही चलो। हमें एटनॉक कर दी लड़ाई। यार। खाली पीछे तुम पर नहीं स्कोप लग होगा कभी तो लगो ओ गाड़ी गाड़ी समझो देखो ड्रॉप है हम से दिए ड्रॉप कर कर जमा का था दीची स्पाइसी मीट बॉय अरे ड्रॉप है ड्रॉप है दोटा ना ड्रॉप है तो तो खेल से कर रहा है ना अच्छा खेल से कर रहा है ना दो टाइम रह गए रोज़ा का हिल की अंजीम नगी बहुत है ना कार अच्छी अच्छी है ना कार बहुत है कार क्या तो बहुत 11 से हमारी हीलिंग की अवस्था थोड़ी खराब है हैं और नेक्स्ट वंडिटी लेटर marked the location marked the location are ye gate chuye chilo headshot level 3 chilo theke biche geche gile shoot kore are bhai ami bhul kom me e gaileke dhneri age ha aa samne eske chala नेट पड़ेगा, नेट पे इंसुलेशन। Watch out! यार रास्ते के लिए मैं ऑन दे ही मारू। पोलिशन तो यानी दिनों मस्त चलता रहा हूँ। Two hours late. No no no मारो। क्या type of चिल्ड्रिया चल रहा है तुमने? वो भाई वो चला था ये तो आगे। आगे। पला पला से भाई रियल रियल रियल रियल ये गन आता। ना ना और। घर एक तो minute are bhai ma bhai mai dechu ab aid ke nirman lena ki bhai bhai revive to revive to aa ja de na ok kid bolte kid bolte ara asche oh my god तो ये नोइस की पोजीशन में रखा है सामने एक टा प्लेयर वाच आउट वाच आउट ओ भाई वा तो स्पेशल प्लेयर आछे येनते वाच आउट ऐसा तीन ले ओपन अच्छा नहीं पादर का देखने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 आला तो हमको पहले पत्थर पे जन निखार एक प्लेयर है खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया ना